आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बेस्ट सेलर बुक के बारे में जिसका नाम है वाई वी स्लीप, जिसे मैथ्यू वॉकर ने लिखा है इंपॉर्टेंट और एक फैसिनेटिंग बुक है वॉकर ने मुझे इस बेसिक एक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ सिखाया जिसके अर्थ पर हर इंसान को जरूरत है मुझे शक है कि उनकी ये बुक आपके लिए भी ऐसा ही करेगी सोना हम सबके लिए जरूरी है सोते वक्त हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है जिससे हम अगले दिन अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं कम सोने से हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता और बावजूद कर बहुत से लोग इसे अनदेखा कर देते हैं नींद हमारी लाइफ वेलनेस और लंबी उम्र के सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन कम समझे जाने वाले पहलुओं में से एक है कुछ वक्त पहले तक साइंस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि हम क्यों सोते हैं यह इससे क्या फायदा होता है या जब हम नहीं सोते हैं तो हमें ऐसे विनाशकारी सेहत के परिणाम क्योंकि जिस क्वेश्चन ने मैथ्यू को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो था क्या नींद ना लेने से उनके पेशेंट्स की बीमारी बढ़ती है और क्या इससे उनमें कुछ बड़ी बीमारी जैसे मेमोरी लॉस और एग्रेशन के भी सिम्टम्स दिख रहे थे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ डाली और उन्हें एक सच का पता चलने लगा कि किसी ने भी बताया ही नहीं है कि हमें नींद क्यों चाहिए और वो क्या करती है तो इसलिए वो सबसे बड़ी पहली को सॉल्व करने के लिए अटलांटिक हार्वर्ड गए जिसे बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी सोल्व नहीं कर पाए हम लोग क्यों सुते हैं उन्होंने सोचा कि उनकी रिसर्च दो साल चलेगी लेकिन उन्हें बीस साल से भी ज्यादा वक्त लग गया दो बड़े फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हम कब सोएंगे और हम कब उठेंगे पहला फैक्टर तो एक सिग्नल है जो आपका इंटरनल 24 क्लॉक देता है और दिन भर काम करते हैं और दूसरा फैक्टर यह है एक कैमिकल जो आपके दिमाग में बनता है और एक स्लीप प्रेशर क्रिएट करता है जितने ज्यादा देर तक आप जागे रहेंगे उतना ज्यादा ये कैमिकल बनता है और इसकी वजह से आपको नींद भी आने लगेगी तो चलिए अब इस बुक के सात सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं इस बुक में कुछ साइंटिफिक टर्म्स का भी यूज किया गया है जिन्हें मैंने भी पहली बार इसी बुक में पढ़ा हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से हम उन्हें आपको समझा सके लेकिन मुझे ये पता है आपको बहुत मजा आने वाला है और कुछ ऐसी चीजें आपको जरूर मिलेंगी जो शायद आपको पहले पता नहीं थी और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले क्या वीडियो में खो जाए इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दे तो चलिए फिर शुरू करते हैं सर्केडियन रिदम इस 24 फोर रिदम को सर्केडियन रिदम कहते हैं। हमारे दिमाग के अंदर जो 24 क्लॉक होती है वो हर एक ब्रेन के पार्ट को और हर एक ऑर्गन को अपनी हैथन क्लेटमेन और उनके रिसोर्च अटेंट ब्रूस रिचर्सन कैंटकी की मेहमत केव में छह हफ्तों की ट्रिप पर गए वो दुनिया की सबसे गहरी गुफाओं में से एक थी इतनी गहरी कि वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी उन दोनों का एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन यह था कि क्या दिन और रात की डेली साइकिल से दूर होने से उनके जागने और उठने के बायोलॉजिकल रिदम खराब हो जाएंगे या वो बिल्कुल पहले जैसे ही रहेंगे वो बत्तीस दिनों तक पूरी डार्कनेस में रहे तब उन्हें वहां से तो बहुत बड़ी डिस्कवरीज मिली पहली ये कि जब सूरज की रोशनी नहीं होती तब इंसान अपना खुद का सरकेडिंग रिदम बनाते हैं दूसरा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यह आया कि उठने और जागने की साइकिल वो 24 घंटे की नहीं बल्कि 24 घंटे से ज्यादा की थी और आज उनकी डिस्कवरीज के 80 से भी ज्यादा सालों के बाद हमें वाली क्लॉक को जो की हमारे दिमाग के बीच में होती है उसे सुप्रा चियासमेटिक न्यूक्लियस कहते हैं सुप्रा का मतलब है ऊपर और चियास का मतलब है एक क्रॉसिंग पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट है आंखों की नर्व का जो दिमाग के बीच में आकर मिलती है और उसके बाद अपने रास्ते बदल लेती है न्यूक्लियस इस इंटरसेक्शन के ऊपर होता है हमारी सर्केडियन रिदम बॉडी के टेम्परेचर में गिरावट लाती है जब हम सोने के टाइम के पास आते हैं। की हैंचर का गिरना सोने में मदद करता है की टेम्परेचर हमेशा गिरता है भले ही आप सोए हो या नहीं सुप्राचियामेटिक न्यूक्लियस मेलाटोन मैसेजर का यूज करके हमारे ब्रेन और बॉडी को रात और दिन के दोहराए जाने वाले सिग्नल को भेजता है न्यूक्लियस के कहने पर शाम के बाद मेलाटोनिन ब्लड से निकलना शुरू हो जाता है और यह पीनिल जब हम सो रहे होते हैं तब मेलाटोनिन काम होने लगता है सुबह के समय जब सनलाइट हमारी आंखों में एंटर करती है भले ही क्लोज लिट से तब पीनिल ग्लैंड के ऊपर एक ब्रेक लग जाता है की मेलाटोनिन को रिलीज करना बंद कर दो इस मेलाटोनिन की कमी हमारे 24 की आप कब सोएंगे और कब उठेंगे दूसरा फैक्टर है स्लीप प्रेशर इस समय केमिकल आपके दिमाग में बिल्ड हो रहा है जिसका नाम है जितनी ज्यादा देर तक आप जागे रहेंगे उतना ज्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा का बनने का एक कॉन्सिक्वेंस है कि आपका सोने का और म्यूट कर सकते हैं जो आपको और अलर्ट और जगा हुआ फील कराता है और उस केमिकल का नाम है कैफिन कैफिन कोई खाने की चीज नहीं है बल्कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा यूज और अब यूज किया जाने वाला साइकोएक्टर है प्लैनेट पर सेकेंड मोस्ट ट्रेडेड कम्युनिटी है ब्लॉक कर देता है मतलब कैफिन आपको अलर्ट और अवेक फील कराता है वरना आप एडेनिसिन की हाई लेवल की वजह से स्लीपी फील कर रहे होते इतना सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि कैफीन में बुरा क्या है लेकिन असली सच्चाई आपको भी पता चलेगी फार्माकोलॉजी में एक टर्म होती है हाफ लाइफ जो कि ड्रग की जाती है इसका मतलब होता है कि बॉडी को उस ड्रग के 50 परसेंट को निकालने में कितना टाइम लगेगा कैफीन की जो एवरेज हाफ लाइफ है वह पांच से सात घंटे मतलब बॉडी को कैफिन का आधा डोज निकालने में पांच से सात घंटे लगेंगे अगर आपने शाम को साढ़े सात बजे कप कॉफी पी है तो उसका फिफ्टी रात डेढ़ बजे तक आपकी बॉडी में एक्टिव होगा और आपके ब्रेन के टिश्यू में सर्कुलेट कर रहा होगा कैफिन का आधा शॉट भी काफी पावरफुल होता है और पूरी रात उसको निकालने का डिकम्पोजिशन काम चलता रहता है आपको पूरी रात या तो नींद आने में दिक्कत होगी या फिर अगर आप सो भी जाएंगे तब भी स्लीप की क्वालिटी पहले जैसी नहीं होगी क्योंकि दिमाग अब बची हुई कैफिन के साथ लड़ रहा है एजिंग का भी कैफिन क्लियरेंस पर एक बड़ा इफेक्ट होता है जितनी ज्यादा आपकी उम्र होगी उतना ज्यादा कैफिन को निकालने में आपके दिमाग और शरीर को टाइम लगेगा कैफिन को हमारे शरीर से एक एंजाइम निकालता है, जो कि लीवर में होता है अगर आप एक कॉफी पीकर रात को जागना चाहते हैं और जब आपका तैयार तो रहिए जो की है एक फिनोमिना जिसे कैफिन क्रैश कहते हैं जितने टाइम के लिए कैफिन आपके सिस्टम में था और जिस केमिकल को वो ब्लॉक कर रहा था वो समय भी बॉडी में बन रहा था आपके दिमाग को कैफिन की दीवार की वजह से ये बात पता नहीं चल रही थी कि नींद को बढ़ाने वाला जा रहा है लेकिन जैसे ही लीवर आपके शरीर से कैफीन निकाल देता है और इसके साथ वो एक्स्ट्रा एडेनिसिन जो इन घंटों में बन गया है जो कैफिन के निकलने का इंतजार कर रहा है उन्हें भी नींद आएगी कैफिन के डीकम्पोजिशन के बाद जब रिसेप्टर अकेले हो जाते हैं तब एडेनिसिन उन रिसेप्टर के सामने आ जाता है और जब ऐसा होता है तब आपका सोने का बहुत मन करता है अब जब तक आप और कैफीन नहीं पीएंगे तब तक आपको जागने में बहुत दिक्कत होगी और फिर से कैफीन पीने की वजह से एक डिपेंडेंसी बन जाएगी। इस स्लीप कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए इस बुक को पढ़ने के अलावा मैंने एक सात दिन का कोर्स भी सुना इम्प्रूव स्लीप जो की कोको एफ एम पर दो सौ रुपए की एनुअल में फ्री मिला आप भी कुको एफ को डाउनलोड करके इन सभी कोर्सेज को और साथ साथ हजारों को भी सुन सकते हैं। आप सबको पता ही है कि अभी के साथ 50 इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, में और प्रोफेसर ने एक स्लीप रिसर्च की की एक साल से कम उम्र वाले बच्चों की आंखों की मूवमेंट देख रहे थे उन्होंने ये नोटिस किया कि दोनों ने दो डिस्कवरी की इंसान सिर्फ सोते नहीं है बल्कि सोते समय दो तरीके के साइकिल से गुजरते हैं उन्होंने इन दोनों स्टेजेस को नाम दिए एनआरएम यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट स्ली आरियम स्लीप में जब इंसान उठा होता है तो उसके ब्रेन की एक्टिविटीज ऑलमोस्ट सेम होती है और आर स्लीप के समय ही हम सपने देखते हैं और इसे ज्यादातर ड्रीम स्लीप भी कहते हैं एन आर स्लीप चार बटी हुई है जो स्टेजेस के साथ गहरी होती जाती हैं स्टेज तीन और चार सबसे डीपेस्ट स्टेजे होती है मतलब इन दोनों स्टेज में इंसान का उठना काफी मुश्किल हो जाता है द स्लीप साइकिल जब दोनों स्लीप साइकिल में लड़ाई होती है वो नाइन्टी मिनट तक चलती है और जीती जाती है सबसे पहले अनारियम स्लीप और फिर आर्यम स्लीप का कम एनारियम स्लीप और स्लीप स्लीपाइकिल का रेशो पूरी रात बदलता रहता है रात के फर्स्ट हाफ में ज्यादातर 90 मिनट साइकिल हमारी डीप एनारियम स्लीप कंज्यूम करती है और तो थोड़ी सी ही आर्यम स्लीप होती है लेकिन जैसे ही हम रात के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं ये बैलेंस बदल जाता है फिर आरियम स्लीप डोमिनेट करती है और एनआरियम स्लीप बहुत कम होती है इसी स्लीप प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा डेंजर है, है और सुबह स्ली है आठ बजे उठने की, की बजाय मतलब आप छह बजे उठे क्योंकि आपकी एक अर्ली मॉर्निंग मीटिंग थी तो आपने नींद का कितना परसेंट खोया आप कहेंगे क्या सवाल पूछ रहे हो आप जवाब देंगे की दो घंटे कम सोए या पच्चीस परसेंट कम सोए लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि हमने अभी देखा कि आर एम स्लीपी मॉर्निंग खोया हो यह दोनों तरीके से काम करता है अगर आप सुबह आठ बजे उठ गए लेकिन रात को दो बजे तक सोनी नहीं गए तो तब आप अपनी डीप एनआरम स्लीप का एक अच्छा खासा हिस्सा खो बैठेंगे आपका दिमाग कैसे नींद पैदा करता है जब आप नींद की शुरुआत करते हैं तब आप सबसे पहले लाइट एनआरियम स्लीप में एंटर करते हैं उसके बाद आप डीप स्लीप में जाते हैं जिसे स्लो वेव स्ली है अगर हम इस डीप एनआरियम स्लीप में होने वाली ब्रेन वेव्स की एक्टिविटी को साउंड में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसकी रिदम समझ पाएंगे और यहाँ तक कि आप साउंड की अगली बीट का भी अनुमान लगा पाएंगे लेकिन जब हम उस साउंड को सुनेंगे तो हमें एक और बात पता चलेगी कि हर बार इस स्लो वे साउंड के ऊपर हर थोड़ी देर में एक नई साउंड आ जाती है जो कुछ सेकंड तक रहती है ये जो साउंड है वो स्लीपिंडल्स की होती है स्लीप स्पिंडल दोनों लाइट और डीप स्लीप में आते हैं इनका एक मेन काम रात के सोल्जर जैसा है यानी कि नींद को बाहरी आवाजों से प्रोटेक्ट करना जितनी पावरफुल और फ्रिक्वेंट एक इंसान के स्लीपिंडल होते हैं वो उतने ज्यादा बाहर की आवाजों से बचे रहते हैं और इसकी वजह से ना सिर्फ हम अपनी कॉन्शियसनेस खो देते हैं को को भी आराम करने का समय मिलता है। आप इंसान के स्लो वेव स्लीप को, एक ऐसी लोकेशन पर जो कि परमानेंट और ज्यादा सेफ है आर्यम स्लीप की ब्रेन एक्टिविटी में और जब हम उठे रहते हैं इन दोनों में ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं है कुछ हमारे है पार्ट और एक्टिव हो जाते हैं जो की जागने के समय नहीं होते तो आर्यम स्लीप को पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहा जाता है जिसमें दिमाग तो जगा रहता है लेकिन शरीर सोता रहता है तो अब स्लीप और बेकफुलनेस में क्या फर्क है फर्क मसल की मूवमेंट में है जैसे ही आपका ड्रीमिंग फेज शुरू होने वाला होता है उससे कुछ सेकंड पहले आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और जब तक पीरियड चलता रहता है तब तक बॉडी पैरालाइज रहती है मतलब अगर आज जब आप सोते समय सपने देख रहे होंगे तो अगर हम बिना आपको जगाए आपकी बॉडी को उठाने की कोशिश करें तब आपकी बॉडी बिल्कुल बेजान लगेगी आपकी इन्वॉल्ट्री मसल जो ऑटोमेटिकली चलती रहती है वो अपना काम करती रहेगी जैसे सांस लेना यह सब कुछ चलता रहेगा अगर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की बात करें तो जगह रहने की स्टेट को रिसेप्शन की तरह समझा जा सकता है मतलब स्टोर करना और नई फैक्ट्स और स्किल्स को मजबूत करना और, और, और आर्य स्लीप को इंटीग्रेशन कह सकते हैं ये जो फैक्ट्स और स्किल्स है इनको पास एक्सपीरियंसिस के साथ कनेक्ट करना और इसकी वजह से एक मॉडल बनेगा की दुनिया कैसे चलती है इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी बढ़ती हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब और ऑयल के लैम्प से भी पहले जब सूरज डूब जाता था तब वो हमारी आंखों के आगे से लाइट ले जाता था इसकी वजह से हमारे न्यूक्लियस को पता चल जाता था कि रात का टाइम आ गया है अपीनल ग्लैंड के ऊपर से ब्रेक हटाया जाए और बहुत सारा मेलेटोनिन ब्लड में रिलीज किया जाए जिससे हमारे दिमाग और बॉडी को यह सिग्नल पहुंच जाए कि अंधेरा आ गया है और अब सोने का टाइम है इलेक्ट्रिक लाइट ने इन सारी नेचुरल चीजों को खत्म कर दिया है मेलाटोनिन के के ऊपर से जो कि शाम के समय हट को ये बताते हैं कि है या नहीं वो छोटी वाली लाइट से बहुत ज्यादा होते हैं और ये छोटी जाहिर सी बात है कि हम में से बहुत कम लोग शाम के समय अपना मुँह एलई डी के आगे लगा कर बैठते हैं लेकिन हम सब एल ई डी पावर लैपटॉप मोबाइल फोन और टेबलेट के आगे घंटों तक बैठे रहते हैं और कभी कभी ये डिवाइसेस हमारी आंखों से कुछ इंचीज के फासले पर होते हैं हाल ही में 1500 सौ अमेरिकन अडल्स का एक सर्वे किया गया और उसमें ये पता चला की नाइनटी परसेंट लोग सोने के एक घंटे पहले तक कोई ना कोई पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस चला ही रहे होते हैं इसका हमारे मेलाटोन रिलीज पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से हमें जल्दी नींद भी नहीं आती कुछ पहले की स्टडीज ने यह भी प्रूव किया है कि अगर सोने से दो घंटे पहले भी आईपैड चलाया जाए तो वो मेलाटोनिन के बढ़ते हुए लेवल को तेईस परसेंट से गिरा देता है एक और स्टडी की गई जिसमें अडल्ट को दो हफ्तों के लिए लैब के कंट्रोल इन्वा में रखा गया इस दो हफ्ते के पीरियड को दो पार्ट में स्प्लिट किया गया जिसको सब लोगों को पार करना था पहले पांच दिन के लिए सोने से कुछ घंटों पहले तक पर किताबें पढ़ना और दूसरे पांच दिन के लिए सोने से पहले प्रिंटेड को, तो को तीन घंटे और डिले कर दिया जिससे सोने में काफी प्रॉब्लम होगी जिस डिग्री पर इलेक्ट्रिक लाइट आपके इंटरनल ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक को कितने घंटे पीछे करती है वो जरूरी है ज्यादातर दो से तीन घंटे मतलब अगर घड़ी में दस बज रहे होंगे तो आपकी बॉडी के लिए आठ बज रहे होंगे मेलेट्रन के रिलीज को डीले करने की वजह से आर्टिफिशियल लाइट आपके सही टाइम पर सोने के चांसेस बहुत कम कर देगी नींद की कमी से होने वाली बीमारियां जब हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं तब हमारी नसों में खून का प्रेशर बढ़ने लगता है इससे हमारी नशे फूलने लगती हैं और इसी कारण से हमें डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक के दिल की बीमारियां हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर के पीछे कई और रीजन भी होते हैं लेकिन स्लीप उनमें से एक है 2011 की एक स्टडी में लगभग पांच लोगों को रिसर्च में रखा गया ये सारे लोग अलग अलग देशों में रहते थे और अलग अलग उम्र के थे इस स्टडी में ये पाया गया कि एक अच्छी नींद ना लेने से बीमारियों का खतरा 45 परसेंट तक बढ़ जाता है कम सोना ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए खतरनाक होता है बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये आपके लिए और सोसाइटी के लिए भी खतरनाक है रात में अच्छी नींद लेने के टिप्स सबसे पहले आप रात में सोने से पहले शराब या सिगरेट ना लीजिए अब आप कह सकते हैं कि मुझे तो ये लेने के बाद अच्छी नींद आती है तो मैं इसे क्यों ना लू शराब की वजह से आप गहरी नींद में नहीं जा पाते हैं ज्यादा शराब पीने से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ज्यादातर लोगों की नींद तब खुलती है जब शराब का असर खत्म हो जाता है और इसकी वजह से जब वो सोकर उठते हैं तब वो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं सोने से पहले सिगरेट भी ना ले क्योंकि सिगरेट के अंदर होता है निकोटिन आपको एक बार के लिए राहत दे सकता है लेकिन लंबे समय में यह आपकी नींद के साथ खिलवाड़ करने लगता है और आपको सोने नहीं देता रात को सोने से पहले अगर आप गर्म पानी में नहा ले तो इससे आपको और अच्छी नींद आ सकती है नहा लेने से आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है और काम से भरे दिन के बाद रेस्ट ले पाती है रात को सोने के समय अपनी खिड़की खोल दे जिससे आप सुबह सूरज की रोशनी से उठे ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है एक और पॉइंट जो आपको याद रखना होगा एक अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए कि दोपहर दो, दो बजे के बाद कॉफी ना पिए इसका रीजन हम वीडियो के स्टार्टिंग में देख चुके हैं और लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि सोने से एक घंटा पहले अपने उन सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को बंद कर लें जिनमें से एलईडी लाइट निकलती है जिससे मोबाइल फोन लैपटॉप टैबलेट्स क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा कि आपकी नींद की क्वालिटी को भी बहुत खराब कर सकती है और यहां तक कि आपको सोने भी नहीं दे सकती है तो दोस्तों सोने की जरूरत हर जानवर को भी पड़ती है और इंसान को छोड़कर कोई भी जानवर अपनी नींद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता आज से आपको भी है सोएंगे। और इस वीडियो में गए हर टिप्स को तो उन लोगों को पहले बताई गई टिप्स के साथ एक और टिप फॉलो करनी चाहिए टिप है अगर आपको बेड पर लेटे लेटे बीस मिनट से ज्यादा हो गए हैं और आपको अब भी नींद नहीं आ रही है तोड़ जाए और कुछ ऐसा काम करे जिससे आपको बेटर फील हो। इसके बाद जब आपको आने लगे, तो, पर तो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं या छत पर जाकर टहल सकते हैं थैंक यू दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपना कर, अच्छी नींद ले पाएंगे इस बुक को वॉर्ड